जॉम्बी सामूराई सबको फ्री में मिला था सुग कैसे गैस, फ्री फायर का ये वाला जॉम्बीज वाला बंडल हमें फ्री में मिला था सुग कैसे मिला था गैस बताता हूँ इससे पहले आपनेट इस को लाइक नहीं किया को लाइक कर दो आपको अपने प्यारे फोन की कसम एंड इस चैनल पे नाइब करके बेलेकन कॉल पर प्रेस कर लेना एंड हमारी हर वीडियो में रिटिंग सबसे पहला बंदा रीडिंग कर सकता है तीन साल पहले डायमंडल में दे दिया था एनसीपी चौबीस घंटे में रिमूव हो गया लेकिन काफी सारे बंदो ने इसे फ्री में निकाल लिया था